शुभ विभा आई है बाहर सीता रानी क्या लोगी हमें जाना है को आज वो प्राण प्यार क्या लोगी शुभ विभा की छाई निदान आज तो मैं यही दूंगी सुबह विधा की आई है बाबारन क्या लोगी बिंदिया तो मैं लगा के आई बिंदिया तो मैं लगा के आई सिंदूर लगा दो मेरे दाम वो तो सिंदूर लगा दो मेरे करानी यही लूंगी हमें जाना है अयोध्या धाम आज तो मैं यही लूंगी शुभ विवाह की शुभ विवाह की छाई है बाहर महारानी क्या लोगी आज तो मैं यही लूगी शुभ विभा की शुभ विभा की छाई है बाहर प्राणो प्यारी घूम के के मैं पहन आई कुंडल मैं पहन के आई तो पहन नथनी पहना दो मेरे राम वो नथनी पहना दो करुणा निधान आज तुम्हें तो यही महावर भी लगवा दो मेरे राम आज तो मैं यही लूंगी शुभ विवाह की शुभ विवाह की छाई है बार सीता क्या लोगी हमें जाना है अयोध्या को आज प्राण प्यारी क्या लोगी जय सीता राम जी जय जय सीता जी